हो जाएगी अरमा वो जलने वाले ना रुकेंगे वफा की राह में चलने वाले ये मोहब्बत भी करिश्मा है ये के कुदरत का इव ही बन जाते हैं हालात में ढलने वाले हम फकत ये भी मुस्कुराते हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते हैं हम फकत यू ही मुस्कुराते हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते हम फकत ही मुस्कुराते हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते अपना दामन है बचा करे चलिए अपना दामन है बचा करे चलिए हम यू नहीं बिल हमी बिजलिया गिराते हैं आप क्यों हम दे दिल लगाते हैं हम फकत ही नहीं मुस्कुराते हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते हम किसे जा किसे दिल दे दें हम किसे जा दें किसे दिल दे दें हम किसे जा दें दे? किस दिल दे दें हम किसे जा दें किस दिल दे दें हर कोई हम पे जान लगाते हैं आप क्यों हम पे दिल लगाते हैं हम फकत नहीं हुई मुस्कुराते हैं आप क्यों हम पे दिल लगाते हैं एक धोखा समझ के यू ही तुम भुला देना एक धोखा समझ के यू ही तुम भुला देना एक धोखा समझ के यू ही तुम भुला देना लो हम भी हम भी लो तुमको भूल जाते हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते हैं। हम फकती हुई मुस्कुराते आप क्यों हमसे दिल लगाते, दिल लगाते हम फकती हुई हैं आप क्यों हमसे दिल लगाते हैं। हम फकती हुई मुस्कुराते आप क्यों हंगते दिल लगाते?